हेलो गाइस तो क्या हाल है दोस्तों आशा करते हैं बढ़िया होंगे देखो गाइस आज हम करेट ऑपनिंग करने वाले हैंम फोर ग्लेशियर क्या पार्ट वन क्या था अभी पार्ट टू करेंगे भाई ठीक है पहले अपना बोट वोट भी लगा लेना है भाई उसके बाद करेट ऑपनिंग करता है पहले बीपी वाला ओपन करते हैं भाई क्या निकलता है भाई अभी अपने पास बी डलवाया लेवल फ़ोर करने के लिए गाई लेवल फ़ोर करना है हमें अभी देखो एम ग्लेशियर निकालने वाले भाई देखते हैं भाई लेवल फोर हो गया नहीं होगा एक मटेरियल निकल चुका है गाइज और देखते भाई एक फिर से मटेरियल एक मटेरियल पाँच पेंट पाँच पेंट भाई फिर से फोर गिले से दो मटेरियल मतलब तीन मटेरियल हो गया एक और मटेरियल अच्छा है भाई अच्छा और अच्छा निकलो और निकलो भाई भाई भाई क्या निकला पेंट भाई तो पांच पेंट भी आए पूरे में ए भाई ये क्या क्या आठ पेंट आठ पेंट निकल गया भाई तो और लगाते हैं देखो भाई बी नहीं है भाई छः एक सौ बचा है भाई अभी देखते कितना मटेरियल चाहिए हमको एक मिनट ओपन किया भाई दो मटेरियल चाहिए गाइज़ हमको दो मटेरियल चलो निकालते हैं फिर से ओपनिंग करते है भाई चालीस बी सी वाला करेंगे निकलेगा नहीं निकलेगा भाई देखते हैं दे भाई फाइनली देखो गाइज अभी अपना हो गया है लेवल फोर करने वाले गाइज़ देखो गाइज़ आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए चेकआउट कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पार्ट वन में भी हमने लेवल थ्री किया है ओपनिंग किया है भाई देखो भाई क्या चमक रहा है लेवल फोर क्या है भाई साहब आप ये देखो क्ल मैसेज क्या गजब जब गाएगा भाई और भी लेवल करेंगे अभी तो बाद में करेंगे भाई आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए वैसे इंटरेस्टिंग वीडियो मतलब आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी गाई गाइज़ आपको बीसी चाहिए तो देखो हमारे बी सेलर का आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना गाई जब हम फाइव का गिवे वे करना चाहते हैं तो आपको गिवे पार्टिसिपेट करना तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब